कई सारे ऐसे में बहुत सारे आइलैंड डूब चाहते हैं समझे यहाँ से आगे गवर्नमेंट ने आगे जाने को बयान किया है जब तक कि पूरी तरक्की काट ना हो जाए एक काम करो तुम घर जाओ हम लोग खुद वहाँ चले जाएंगे घर जाओ लेकिन तुम लोग कैसे जाओगे अब दिखा आप दिखाते ही दूंगे कर तो रहे हैं तुम लोगों को चश्मा देना में भूल गया था लो, लगा लो चश्मा और इस मे सब कुछ दिखाई दी गई है शेड लगा दी है आईलैंड को भी इनविजिबल कर सकते हो, जैसे कि उन्होंने आईलैंड को कर दिया है मेरे, ये ये पहले, अभी दूसरे दोस्त बाकी इन्हें कैसे हमारे दोस्त मैं जैसे बोलता जाऊं वैसे करते ये तुमकाजिबल रहे हैं हम सब हैं। देख सकते हैं, लेकिन सुन सकते हैं चुप चुप। हमारा मिशन पूरा होने में एक दो दिन लगेंगे क्योंकि अभी कुछ सामान आना बाकी है चलो अब सामने खड़े हो जाए तो तुम लोगों को फिजिकली फिट रहना है खेलो कूदो करो हमारा फुटबॉल सुधे बॉल लेकर आओ और अपनी अपनी पोजीशन ले लो चलो देखते हैं तुम लोगों में सिर्फ किसकी किक से फुटबॉल kinda fine me take your position you buddy main bata raha hu ki baat kya hai chalo ab yahan tear lagana hai jaldi se apne keero ko yahan par card shukar hai abhi hum log piche hain abhi hame koi khatra nahi hai I. पावर है? रोकेंगे कैसे और जो तुम्हारे खाओ और आ आ आ आ है need to go इधर क्या हुआ मोटू पतू जी ओ, अच्छा इतना बड़ा की वजह से हम एलिफेंटा तो ये बदमाश पकड़े गए हैं ना अब तो हम एलिफेंटा के जा सकते हैं ना मेरे, मेरे मैंने इसलिए दिख रहा है साफ साफ दिख रहा है अब सभी फिर से आइलैंड टूर करने जा सकते हैं